लंपी वायरस को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में बैठक ली बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उपायों की जानकारी पशुपालकों को दें ग्राम सभा बुलाकर भी सूचित करें गौशालाओं में टीकाकरण हो उन्होंने कहा इसे पूरी गंभीरता से ले छिपाए नहीं सभी को जागरूक करें उन्होंने कहा यह एक तरीके से पशुओं में कोविड जैसा ही है यह बीमारी मक्खी मच्छरों आपस में मिलने से साथ रहने से फैलता है बचाव जरूरी है लंबी वायरस को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में कहा कि प्रदेश में संक्रमित पशुओं का आवागमन प्रतिबंधित करें जानकारी को छुपाए नहीं सभी को जागरूक करें रोग के प्रमुख लक्षण को पहचानें, संक्रमित पशु को हल्का बुखार रहता है मुंह से अत्याधिक लार तथा आंखों एवं नाक से पानी बहता है लिंफ नोट्स तथा पैरों में सूजन एवं दुग्ध उत्पादन में गिरावट आती है गर्भित पशुओं में गर्भपात एवं कभी कभी पशु की मृत्यु हो जाती है पशु के शरीर पर त्वचा तो अच्छा में बड़ी संख्या में दो से पांच सेंटीमीटर आकार की गठानें बन जाती हैं। इसके लिए रोकथाम जरूरी है संक्रमित पशुओं के झुंड को स्वस्थ पशुओं के झुंड से अलग रखना चाहिए कीटनाशक और विषाणुनाशक से पशुओं के परजीवी कीट किलनी मक्खी मच्छर आदि को नष्ट करना चाहिए पशुओं के आवास बाड़े की साफ सफाई रखना जरूरी है संक्रमित क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में पशुओं के आवागमन को रोका जाए रोग के लक्षण दिखाई देने पर अविलंब पशु चिकित्सक से उपचार कराना आवश्यक है मैं तो गाधी से ज्यादा प्रदेश है उसमें इस भरोसे में ना रहेगी हमारे यहाँ तो ठीक है मैं मानता हूं कि बहुत गंभीरता से इसको रहने की आवश्यकता है पड़ोसी राज्यों में जिस तरह गाय बाकी पशुओं की मृत्यु हुई वो दृश्य हमने देखे किसी भी कीमत पर हमको उस स्थिति को पैदा नहीं होने लगा है ये एक तरह से पशुओं का कोविड जैसे है क्योंकि कई माध्यमों से यह फैलना है मक्खी से मच्छरों से लाल से आपस आप उसमें साथ रहने से को तो यात्र तो फैलने वाली संक्रामक बीमारी है तो बताए बहुत गंभीर चिंता की जरूरत है अभी आप क्या कर रहे हैं वो बताए क्या करना जरूरी है वो बताए आप सभी सीएम शिवराज ने कहा क्षेत्र में बीमारी का प्रकोप थमने तक पशुओं के बाजार मेले आयोजन तथा पशुओं के क्रय विक्रय आदि पर रोक रहेगी स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण कराना आवश्यक है शिवराज सिंह ने कहा 21 तारीख तक प्रभावित पशुओं की संख्या सात है और मृत पशुओं की संख्या 101 है स्वस्थ होने वाले पशुओं की संख्या 5,432 है उन्होंने कहा मैं मानता हूं इसे बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है पड़ोसी राज्यों में जिस तरह गाय और बाकी पशुओं की मृत्यु है, है हुई है यह गंभीर चिंता का विषय है इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है जैसे हम कोविड के खिलाफ लड़े थे वैसे ही पशुओं का जीवन बचाने के लिए हम इस लंपी वायरस से लड़ेंगे हम सबको सन्द करेंगे कि किसी भी इस बीमारी को रोकना है कंट्रोल करना है तो करने का क्या कर है उसका हम लोग विचार कर लेते हैं उसके बाद में जनता के नाम लिए अपील जारी करूँगा कि ये सावधानी रखें क्योंकि आप छब्बीस जिलों में तो बहुत सरकारी तो अभी आप पहले जो आपको ब्रीफ करना है, है बताना है वो तो बताइए सिर्फ सीढ़ी का अफसर के अगर चाहे और रखना चाहिए more you know that our duty is to provide. What starts here changes the world. The world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCIT Group where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCIT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7407771.